बहुत ही खुशनुमा दिन है क्योंकि आज अगेन दूसरी गाड़ी आज के दिन तीन तीन बुलेट एक साथ में दिखाना चाहता हूं रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 एंड सेकेंड रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 एंड थर्ड रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 और एक बुलेट है अपोजिट साइड पड़ी हुई है राइट तो ये चार लोगों को आज बुलेट फ्री ऑफ़ कॉस्ट मिली और अगली बारी है हमारे साथ यंग चैप यंग लीडर जिन्होंने मर्रा करके दिखा दिया और उनका नाम कोई और नहीं यूथ के ब्रांड है इनको बोला जाता है युवराज सिंह बोला जाता है छे बाल में छके मारने वाले पर्सनालिटी जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर इतिहास है छह बाल में छह छक्के का ज सिंह का उसी तरीके से फैमिली में इतिहास है सबसे सबसे कम समय पर अचीवर। और, और अजय सागरवंशी जी की टीम है अजय जी को आज संचमाती हुई रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 फिफ्टी फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट की जा रही है तो बहुत बहुत मैं चाहता हूँ जी की सारी टीम है अजय जी को ब्लेसिंग्स दे चुकी जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है फटाफट फटाफट चाहता इनके अपलाइन एंड ऑल इनकी विनिंग टीम सक्सेस सक्सेस सक्सेस सक्सेस सक्सेस सक्सेस का का का का का का नाम नाम नाम नाम नाम वी वी का वी वी वी फैमिली फैमिली फैमिली फैमिली फैमिली सक्सेस करना। बी फैमिली। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ अजय सागर वंशी जी वैसे बी फैमिली के साथ साथ आप क्या करते हैं सर मैं अभी पढ़ाई हैं। किस क्लास में है बी कॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है।, है तो अजय सागर वंशी जी वी फैमिली में आने के पहले आप क्या करते थे मैं वी फैमिली से आने से पहले जॉब करता था जहाँ बारह घंटे काम करने के मुझे नौ हजार रूपये किस एज में आप जॉब करते थे अच्छा अठारह साल की एज पे आप जॉब करते थे घर की स्थिति कुछ ऐसी थी काम करना पड़ता। ओके। okay, घर में फाइनेंशियल थे तो है, पैसे की कमी होने के बाद ये अठारह साल की एज पे किसी फैक्ट्री में जाकर के मेहनत करते थे लेबर का काम करते थे आपको बुलेट 350 फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिल रही है कैसा महसूस कर रहा? कभी कभी कभी सोचा सोचा था था आपने मैंने कभी था। मैं कभी मैंने जीवन में नहीं नेवर थॉट कि मैं बाइक बाइक मतलब लेने हमारे पास ये बुलेट हो और हमारे लोगों के पास कामयाबी हो तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं ये गाड़ी आप घर लेके जाएंगे और आज जैसा कि मुझे आपने बताया कि सर आपका स्पेशल डेट है है आज, आज आपके मम्मी पापा का बर्थडे और मुझे बोलते बड़ा अच्छा लगता है आज देखिए सर मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है हो, तो आपको दुनिया सलाम करने लगती है तो आज सर के मम्मी पापा जी का बर्थडे है और मैं मजे की बात बताता हूँ जिस एज पे उन्नीस बीस साल की एज पे लड़के अपने बर्थडे में माँ बाप से कुछ पैसा लेते हैं ये यंग चैप अपने माँ बाप के बर्थडे में ये बुलेट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दुनिया में जो चाहता है वो कर सकता है जो सोचता है वो सब कुछ कर सकता है तो सर आज आपके घर में आप बुलेट लेके जाओगे पहली तो अच्छा बात तो ये की मम्मी पापा को ये पता ही नहीं है तो सरप्राइज है उनके लिए बेसिकली घर में जो लोग है उनके ओके तो घर वालों के लिए सरप्राइज है घर वालों को पता भी नहीं है की आप बुलेट लेके जा रहे हैं राइट तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन गॉड बेस यू सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी मिल रही है अचीव आपने किया है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने टीम वालों को और अपने लोगों को सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जहाँ काम करने जाना पड़ता था फाइनेंशियल इशू है अगर मैं ये 350 फिफ्टी बुलेट अचीव कर सकता हूँ तो हर कोई व्यक्ति अचीव कर सकता है हिंदुस्तान में और अगला टारगेट आपकी टीम के लिए क्या लिया आपने सर मेरा यही टारगेट है कि नेक्स्ट मंथ दो लोगों को मैं बुलेट अचीव करवाऊंगा पहले आपके सीनियर को बुलेट मिल रही थी तो आप यहाँ पे आए थे उस दिन आपने बोला था कि सर मुझे भी चाहिए और आज, आज आपकी नजरों के सामने तो बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू और एक नहीं तीन तीन बुलेट जिन्होंने अचीव किया है और ये सारे लोग वी के विनिंग अचीवर हैं तो गॉड ब्लेस यू बहुत बहुत धन्यवाद